तीजर के बाद विवाद में आई फिल्म आदि पुरुष जो कि 12 जनवरी 2023 में रिलीज होने वाली थी पर अब यह 16 जून 2023 में रिलीज होगी इस बात की ऑफिशियल अनाउंसमेंट खुद फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत ने की है आपको बता दी फिल्म जनवरी में रिलीज होने वाली थी पर अब इस फिल्म को जून में रिलीज करने का मेकर्स ने डिसीजन लिया है ऐसी ही अपडेट के लिए बने रही हमारे साथ सिर्फ दखन न्यूज